कुमार आप देख रहे हैं टेक्निकल सन्यासी जी तो दोस्तों इस वीडियो में मैं बात करूंगा कि एटीएम क्या होता है और प्लास्टिक मनी क्या होती है इस सारे के बारे में मैं बहुत ज्यादा गहराई से बात करूंगा और बात करूंगा कि डेबिट कार्ड क्या होता है क्रेडिट कार्ड क्या होता है और इनके बीच में डिफ्रेंसेस क्या क्या होते हैं और दोस्तों इसके अलावा मैं बात करूंगा की वीजा कार्ड प्लेटिनम कार्ड मास्टर कार्ड और रूपे कार्ड क्या होता है और क्या क्या यूजेज होते हैं इनके और इस पे ये होता क्या है इस सब के बारे में मैं बहुत ज्यादा गहराई से बात करने वाला हूँ तो वीडियो बहुत ज्यादा यूजफुल होने वाली है तो वीडियो को एंड तक जरूर देखे बहुत तेज हो रहा है बहुत तेज और बात करे ए टी एम कार्ड की तो दोस्तों एटीएम का जो फुल फॉर्म होता है उसे कहते हैं ऑटोमेटेड टेलर मशीन और दोस्तों इसका आविष्कार हुआ था 1967 में लंदन में इसके जो खोज करता थे उनका नाम था जॉन सेफर्ट बोरेन और इनका जन्म हुआ था 1925 को लेकिन दोस्तों इन महोदय का जन्म हुआ था भारत के मेघालय राज्य के शिलोंग जिले में यानी कि ये एक भारतीय थे हिंदुस्तानी दोस्तों एटीएम को दो कार्ड में डिवाइड किया गया है क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड सबसे पहले बात करेंगे डेबिट कार्ड की तो डेबिट कार्ड बहुत ज्यादा सिक्योर कार्ड होता है आपके लिए और दोस्तों डेबिट कार्ड से आप वही पैसा उतना ही पैसा निकाल सकते हैं जितना आपने अपने सेविंग अकाउंट में जमा करके रखा है इसके अलावा आप नहीं निकाल सकते पैसा और दोस्तों ये बहुत ज्यादा सिक्योर भी होता है कंपैरिजन टू क्रेडिट कार्ड तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड इनसिक्योर होता है उसके बारे में भी जानेंगे लेकिन सबसे पहले बारेबिट कार्ड तो दोस्तों डेबिट कार्ड में बहुत ज्यादा सिक्योरिटी पर्यटन मिल जाते हैं आ, जैसे कि इसमें एक आपका एटीएम कार्ड नंबर होता है चौदह अंकों का और चौदह या बारह अंकों का होता है और इसके अलावा इसमें भी नंबर मिल जाता है जिसे कहते हैं कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू इसके अलावा भी इसमें बहुत सारा जिसे पिन कोड में होता है तो बिना पिन कोड के बिना पिन कोड के आपकी जानकारी की कोई भी आपका डेबिट कार्ड यूज ही नहीं कर सकता डेबिट कार्ड अगर आपको घूम भी हो जाए तो आपको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा क्यूँकी उसमे एक पिनकोड भी होता है और जब तक पिनकोड अगर दूसरे आदमी को नहीं पता तो वो आपका कार्ड यूज ही नहीं कर सकता बात करते हैं दोस्तों क्रेडिट कार्ड की तो दोस्तों क्रेडिट कार्ड में इसके क्या होता है कि आप के पास यदि पैसा नहीं भी है तो आप निकाल सकते हैं लेकिन ये कुछ ही परसेंट लोगों को दिया जाता है जिसपे बैंक ट्रस्ट करता है कि ये वापस कर देगा हमारा जितना पैसा है ये लेगा तो अभी मैं जैसे कि एग्जाम्पल के लिए मैं अभी क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई करूंगा तो मुझे तो बैंक लात मार के भगा देगी क्यूँकी वो जानती है ये चिरगुट मनी है ये पैसा चुका नहीं सकता तो दोस्तों ये तो मुझे तो बिल्कुल भी क्रेडिट कार्ड नहीं मिलने वाला है इसके अलावा मुकेश अम्बानी के बटवा वटवा जाएंगे तो उनको तुरंत वो दे देगा क्रेडिट का। तो फिलहाल तो उनके पास होगा ही आ, लेकिन अगर वो जाएंगे तो उनको तो बैठा के तुरंत दे, दे देगा आ, बोलेगा तो बैंक भी उनके नाम कर देगा तो दोस्तों दी मैं जाऊंगा तो मुझे बिल्कुल भी नहीं देगा और भगा देगा उल्टा क्रेडिट कार्ड से क्या होता है कि वो हमें 30 से 40 दिन के लिए पैसा दे देता है जैसे कि सपोज मेरे पास अगर कार्ड होगा फिलहाल तो नहीं है लेकिन अगर मेरे पास कार्ड होगा तो मैं जाऊंगा और कहीं पर भी आ, से पचास हजार जितना भी हमारे पास लिमिट होगी स्टार्टिंग में पच्चीस हजार निकाल सकता हूँ उसके बाद पचास हजार उसके बाद लाख ऐसे जितना भी लिमिट आपको तय करेगा उतने से आप, आप बैंक से पैसे ले सकते हैं बिना आपके पास होगा या फिर नहीं होगा ये डिपेंड नहीं करता आप जितना लिमिट है उससे आ, उतना आप खरीद सकते हैं सामान को उतना आप कैश भी निकाल सकते हैं एटीएम कार्ड से अब बात करेंगे फायदे के बारे में तो दोस्तों फायदे इसके यह होता है कि इसमें कैशबैक ऑफर मिल जाते हैं जैसे कई बार हम शॉपिंग करते हैं तो उसमें कैशबैक ऑफर होता है क्रेडिट कार्ड की जैसे आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो उसमें कैशबैक का ऑफर होता है कुछ परसेंट के लिए इसके अलावा दोस्तों इसमें क्रेडिट कार्ड बोनस कूपन तमाम सारे मिल जाते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा और भी फायदा मिल जाता है और भी दोस्तों कई सारे फायदे होते हैं जैसे की ट्रेन टिकट एयर टिकट बुक करते हैं तो उसमें भी क्रेडिट कार्ड के पेमेंट करने से कुछ परसेंट का फायदा उसमें मिल जाता है इसके अलावा दोस्तों इसमें बहुत सारा घाटा भी है दोस्तों घाटे के बारे में बात करे तो सबसे ज्यादा इसमें घाटा होता है की यदि आप किसी अपने क्रेडिट कार्ड की मदद ऐसी आप पैसा निकालते हैं कैश में तो आप शॉपिंग करें।, करें स्वाइप करके वो घीसा जाता है जो वो करके आप शॉपिंग धमाधड़ करें उसमें आपको फायदा भी मिलता है और इसमें ज्यादा नुकसान नहीं होता है इसके अलावा दोस्तों यदि चालीस दिन का लिमिट आप क्रॉस करेंगे तो ये आपसे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट लेगा और इंटरेस्ट इतना हाई फाइलेगा कि आपकी बज जाएगी बैंड इसके अलावा ये बहुत ज़्यादा सिक्योर भी नहीं होता क्योंकि इसमें इन पिन कुछ नहीं होता पिन कोड यानी कि होता ही नहीं आप इसे जैसे कि आपका क्रेडिट कार्ड गुम हो जाए तो वो कोई भी आपका अगर उसे पा जाएगा तो वो इसे स्वाइप करके वो आपका पूरा बैंक अकाउंट साफ कर देगा बार्ज तो मतलब वो बढ़ाता जाएगा जब तक की उसमें अल्डिमेट तक न पहुंचाए तो इसे आप जदि आपका फ्लेट का गुण होता है तो उसे आप जल्दी से बंद करवा दीजिएगा अदरवाइज वो आपका बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा इसके अलावा मित्रों ये आपकी खर्च को भी दुगुना तिगुना बढ़ा देता है तो ये बहुत ज्यादा घाटा इसमें बहुत ज्यादा है फायदा बहुत कम है जैसे कि यदि आपके पास डेबिट कार्ड है तो आप बहुत कम खर्चा करेंगे तो यदि आपके इसके अलावा यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो आप उससे अनलिमिट दे सकते हैं यानी की जैसे की आपको डेडी बेर्क खरीदना है तो डेबिट कार्ड होगा तो आप पांच हजार दो हजार का खरीदेंगे और यदि आपके पास क्रेडिट कार्ड होगा तो उसमें तो पचास हजार तक का लिमिट रहता है तो इससे आप तीस चालीस हजार गिफ्ट दे सकते है टेडी बी आर तो लोग देते हैं लेकिन वो टेडी बी से नहीं खेलती वो आपके जज्बातों से खेलती है क्योंकि उनको टेडी से नहीं मजा आता आपके जज्बातों से मजा आता है वो इन्ही से खेलेंगी टेडी ऐसी घंटा नहीं खेलेंगी कार्ड कार्ड कार्ड क्या क्या क्या होता होता होता है, और क्या होता है है? वीजा और मास्टर दोस्तों तो ये तीनों एक कार्ड नेटवर्क होते हैं इसमें जो छपा होता है वो अलग अलग कार्ड नेटवर्क होते हैं तो वीजा कार्ड की बात करें तो इसने 50 परसेंट मार्केट कैप्चर कर रखा है और मास्टर कार्ड 30 परसेंट और रुपए सिर्फ और सिर्फ बीस तो बात करें रुपए की तो रुपए अपने भारत की कंपनी है तो अगर यदि आप भारतीय हैं तो आप इसे ही इस्तेमाल कीजिएगा यदि आप इंटरनेशनल तौर पर इसे, तो इसे इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसी का आता है प्लेटिनम कार्ड आप उसे लीजिएगा यदि आपका अदर कंट्री में आना जाना है तो आप प्लेटिनम कार्ड भी यूज कर सकते हैं बजाय की आप वीजा मास्टर कार्ड की ओर भागे मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ये दोनों यूएसए की कंपनी की है तो, तो 50 परसेंट लोग वीजा इस्तेमाल करते हैं और थर्टी परसेंट मास्टर कार्ड तो दोस्तों इसमें वीजा कार्ड में तो बहुत सारे शो ऑफ के लिए भी आ जाते हैं फिलहाल तो ऐसा करना नहीं चाहिए यदि आप भारतीय हैं तो आप इसी वाला रुपए को, को इस्तेमाल करें बजाय के लिए कि मेरे पास कार्ड है मेरे पास मास्टर कार्ड है तो दोस्तों आशा है कि आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा और समझ में आया होगा तो इसी वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी नमूने में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ